साधु महाराज बीवी बहुत परेशान दे रहा है कुछ सुलभ उपाय है तो बोलो तो साधु हिम लाइक दिस बेवकूफ सुलभ उपाय है तो मैं क्यों साधु बन के यहां बैठ रहा हूं